भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर युवाओं के मानस में जीवंत हैं और नई पीढ़ी भी उनके जीवन कथाओं से राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा लेती रहे इसी मकसद से आज नोइंबई के विष्णुदास भावे सभागार में वीर सावरकर पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया समाज सेवी संतोष कानाडे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मशहूर व्याख्याता पार्थ बाविस्कर ने वीर सावरकर के जीवन संघर्षो पर प्रकाश डाला पार्थ बाविस्कर ने जिस तरह वीर सावरकर के जीवन प्रसंग और उनके बलिदान का मार्मिक प्रस्तुत किया, उसे सुनकर सभागार में बैठे सैकड़ों नागरिक और युवा देशभक्ति के भाव से रोमांचित हो उठे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट स्वराज आंदोलन के महासेनानियों में से एक विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के जीवन संघर्षों पर आधारित साहसी सावरकर व्याख्यान कार्यक्रम रोमांचित करने वाला रहा सावरकर विष्णुदास कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक संजीव नाइक शंकर गायकर कमलेश पटेल समेत संघ और वीएचपी के तमाम पदाधिकारी और नागरिक मौजूद थे यहां पुणे के मशहूर व्याख्याता पार्थ बाविस्कर ने जिस तरह वीर सावरकर के जीवन प्रसंग उनका स्वाधीनता संघर्ष अंग्रेजों से निपटने की रणनीति और देश के प्रति उनके समर्पण और बलिदान का मार्मिक वृत्तांत प्रस्तुत किया उसे सुनकर सभागार में बैठे सैकड़ों नागरिक और युवा देशभक्ति के भाव से रोमांचित और भावुक उठे। पार्थ बाविस्कर ने कहा कि यह ऐसा इतिहास है जो हमारी किताबों और नौजवानों से दूर रखा गया लेकिन अब हम इसे सबके सामने लाने के प्रयास में जुटे हैं कई पीढ़ी युवा पीढ़ी हमारे देश का इस हिंदुस्तान का भविष्य है इसलिए वीर सावरकर जी जैसे बहुत योद्धा जो जो इस भारत भूमि में हो गए उनके बारे में उनके पराक्रम के बारे में उन्होंने हमारे लिए जो जो किया उस वो सब बातें आज के युवा पीढ़ी को बतानी चाहिए क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्रता लेने के बाद अब तक सच्चा इतिहास बताया नहीं गया और हमारे बच्चों की ऐसी धारणा हो गई कि भारत देश का इतिहास उन्नीस से बीस से शुरू होता है और वो 1947 को खत्म हो जाता है स्वतंत्रता मिलने के बाद ऐसा भ्रम ऐसी गलत फहमिया जान कुछ लोगों ने हमारे पाठ्यक्रम में डाली और अब तक वही इतिहास हमारे बच्चों को बताया जा रहा था अभी हम वो इतिहास बदलेंगे हमने वो इतिहास बदलना चाहिए और सच जो है सावरकर जी का बलिदान जो है सावरकर जी का पराक्रम जो है वो हम युवा पीढ़ी तक पहुंचाएंगे युवा पीढ़ी को बताएंगे वही कार्यक्रम के आयोजक संतोष कानाडे ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों महापुरुषों और वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है उनका बलिदान और संघर्ष गाथाएं नई पीढ़ी तक पहुँचे यही कार्यक्रम का उद्देश्य है संतोष कानाडे ने कहा कि सावरकर विचार मंच के जरिए हम एक श्रृंखला के तहत महान पुरुषों की इन गाथाओं को व्याख्यान के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं खास तौर पर मौजूद शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोर ने इस कार्यक्रम को नई पीढ़ी के लिए बेहद प्रेरणादायी बताया दामोदर सावरकर जी के पूरे आयुष्य में उन्होंने देश स्वतंत्र करने के लिए किस तरह का लड़ा दिया उसके ऊपर व्याख्यान रखा था ये सभी सभी ने अपने अपने स्कूल के टाइम से सभी ये सब पढ़े हैं। लेकिन आज ये जो बात है जो स्वतंत्र स्वतंत्र सावर के जिन्होंने किया अपने देश के लिए वो योगदान किस तरह का था वो अगले पीढ़ी को समझना जरूरी है और इस तरह इसके लिए ये जो व्याख्यान आज का रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग सब जानते हैं कि अपने अपना देश भारत तंत्र में था और उस वक्त इस तरह की शस्त्र शस्त्र की क्रांति करना ये बड़ा बहुत कठिन था लेकिन सावरकर विनायक दामोदर सावर का ये जो योगदान था वो ऐसे कोई महान व्यक्ति ही कर सकते हैं जो सावरकर ने किया मूल उद्देश्य यह संस्थे का है कि सावरकर चरित्र सावरकर से विचार ये तरुणांपर्यत समाजा तलागड़ पोचावे हाँ उद्देशाने या संघटना ही काम करत इतिहास स्वतंत्र लड़ा चाह इतिहास जर पाला तो अपना अगली शालेय जीवनामें अपने एकोनीसें वीसच सहकार आंदोलन एक तीसच मिठाच सत्याग्रह एकोशे बेचिस चलेजाम आंदोलन क्या नर मिले स्वातंत्र पलीक फार इतिहास हा विदपर्यंत्र गेला नो सुभाषचंद्र बोस सावरकर कि अनेक हुत यह साहित चरित्रासुद्धा अभ्यास विशेषतः तरुण पीढ़ीला हा उदेश हा संस्थे है जग विज्ञाननिष्ठ कि जे पुरोगा विचार कि मगाशी पार्थ सरानी अपने भाषण जस संग समारक सावरकर मेरे सावरकरांची ही जी, जी सभी अंग हैं यह या संपूर्ण शतपैलूं परिचय नवे मुंबई जातीत जास्त लोक पहुँचवाने आम्मी काम करतो। रिपोर्ट टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूले